आज मैं आपके लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट लेकर के आया हुआ हूं। अब हम देखेंगे कि क्या अपडेट है आज की यूपी स्कॉलरशिप 2021 हज़ार इक्कीस आज से वेरीफाई वाले लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में पी के माध्यम से भेजी जाएगी डीडब्ल्यूओ की तरफ से आई बहुत बड़ी खुशखबरी अब हम देखेंगे छात्रवृत्ति ना आने से लाखों छात्र परेशान एक आर्ट के आया हुआ है क्योंकि आज की डेट में ही है उसके बारे में मैं आपको यहां जानकारी देने जा रहा हूं पहले से यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस शो हो रहा है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर डी डब्ल्यू ने स्टूडेंट का स्कॉलरशिप फॉर्म वेरीफाई कर दिया है अगर यूपी छात्रवृत्ति स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि आनी तय है अगर आपके स्टेटस में रिजेक्ट कर दिया गया है तो बैंक खाते में छात्रवृत्ति नहीं आएगी यूपी स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते ही शासन की ओर से 25 मार्च यानी शुक्रवार से स्टूडेंट्स के खातों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा रही है यूपी के स्टूडेंट्स को अपना बैंक अकाउंट लगातार चेक करते रहना चाहिए बताया जा रहा है कि दो से चार दिनों के अंदर सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आ जाएगी ये आर्टिकल जो न्यूज में दिया गया है ये 25 मार्च 2022 को आदित्य योगीनाथ जी ने शपथ ग्रहण करते समय ये आर्टिकल्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी हुई थी इसमें ये बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का स्टेटस में वेरीफाई बाय रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो आ रहा है शो हो रहा है तो ऐसे कैंडिडेट्स की इसकॉलरशिप आनी कन्फर्म है ऐसे कैंडिडेट परेशान ना हो ऐसे कैंडिडेट्स की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जिसकी डेट इन्होंने दे दी हुई है दो से चार दिन के अंदर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी 25 तारीख से स्टार्ट हुई है लेकिन 25 मार्च को कुछ कैंडिडेट्स के ही अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है अब लगातार स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र हो रही है सभी कैंडिडेट्स अपने अकाउंट्स को चेक करते रहें बाकी ये चीज़ क्लियर हो गई किन छात्रों की स्कॉलरशिप आनी है और किन की नहीं आनी है जिन छात्रों के स्टेटस में रिजेक्ट कर दिया गया है उन छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आएगी जिन छात्रों के स्कॉलरशिप के इस्टेटस में ये ऑप्शन शो कर रहा है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट इस्कॉलरशिप कमेटी उन छात्रों की इस्कालशिप आनी कन्फर्म है ये जानकारी थी अब हम देखेंगे कन किन छात्रों का स्कॉलरशिप आना तय जिन छात्रों के करंट स्टेटस में वेरीफाइड पॉब्लिक रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा हुआ है ऐसे कैंडिडेट की स्कॉलरशिप आना कन्फर्म है यही जानकारी आप तक देनी थी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें